शाहरुख खान की फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आपत्ति जाहिर की है एमपी के गृहमंत्री डॉक्टर नवोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाए अन्यथा फिल्म पठान को मध्य प्रदेश में चलने दिया जाए या न चलने दिया जाए इस पर विचार होगा शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का पहला गाना बेशराम रंग रिलीज कर दिया गया है इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं इसे लेकर फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिल्म के गाने में वेशभूषा प्रथम दृश्य बेहद आपत्तिजनक है साफ दिख रहा है कि यह गाना दूषित मानसिकता के कारण गया है वैसे भी दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें वेशभूषा को ठीक करें अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए यह प्रश्न होगा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी फिल्म के सीन्स पर आपत्ति जताई है वहीं कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने भी आपत्ति जाहिर की है बेहद आपत्ति जनक है साफ दिख रहा है की दूषित तो मानसिकता के कारण ये फिर मया गया गाना है वैसे भी दीपिका पादिकोन जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही है जेएनयू वाले उसमें और इसलिए मैं ये निवेदन करूँगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, इस भूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणी प्रश्न होगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें